हेलो एवरीवन स्वागत है आपका मॉडलर रूडवर्किंग फैब्रिकेशन में और जैसा कि आप ये मेरे सामने देख रहे हैं ये दो वुडवर्किंग रूटर रखे हुए हैं जो भी हमारे कारपेंटर भाई हैं उनको अच्छी तरह पता है कि वुडवर्किंग के काम में रूटर का कितना अहम रोल होता है हमारे देश में इंडिया में वो पंद्रह से लेके और ऊपर जितना मर्जी आप ले लो दस हजार बीस हजार फिर उसके बाद बड़ी मशीन आ जाती हैं रूटर में और ये हैंडी रूटर हम इसको बोलते हैं वो आज जो रूटर मेरे सामने रखे है ना यहाँ की कौन सी कंपनी का ये रूटर है और जिन लोगों ने भी ये इस कंपनी का रूटर इस्तेमाल किया है कोई भी टूल्स इस्तेमाल किया है वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये कैसी कंपनी है और कितने दमदार और टिकाऊ टूल्स की कंपनी बनाती है दोस्तों ये कोई विदेश की कंपनी नहीं है कोई फॉरेन की कंपनी नहीं है बल्कि ये हमारे ही अपने देश की इंडिया की कंपनी है सबसे पहले इंडिया में अगर वुड वर्किंग किसी ने मैनुफैक्चर किया किसी इंडियन कंपनी ने तो इंडिको ने मैनुफैक्चर किया है और बहुत दमदार मशीन है जी मैं कहूँ भाई साहब मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि हमने जो है बहुत बड़ी कंपनियों का भी रोटर इस्तेमाल किए जैसे बॉश हो गया मकीता वगैरह हो गया मकीता के हो गए या बॉश के हो गए या हिटाची के हो गए टेन थाउजेंड दस हजार रुपए से ऊपर ऊपर की मशीनें आती हैं ठीक है थीके? लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो काम आपका वो दस हजार की मशीन करेगी ना ये साढ़े चार का रोटर आपको परफॉर्मेंस देगा दोस्तों ये हमारी लुधियाना की कंपनी है एंड And, एंडिको इसके रूटर जो है जो हमारा एरिया है ना जो हमारा एरिया है, उसमें बहुत ज्यादा प्रचलित है जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे पास दो वुडवर्किंग रूटर रखे हुए हैं इसके दो मॉडल आते हैं आठ एम mm में आता है और एक बारह एमएम आठ प्लस बारह ये दोनों आठ एम के हैं ठीक है बारह एमएम का इसमें कोई भी नहीं है आठ प्लस बारह का चे. जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो डिजाइन है रूटर का यह आप देख रहे हैं ये शोकर वाला डिजाइन है दिखा दू ये ये देख रहे हैं आप इसमें शो करें ठीक है इसकी जो एडजस्टिंग होती है इसमें शो करें ये जो है आप देख रहे हैं ये इसकी एडजस्टिंग यहाँ से होती है ठीक है यहाँ से होती है और ये जो है ये चुटकी है इसकी जो भी इसको हम ऐसे अपना सेट कर सकते हैं मैंने और भी मेरे पास लोकल कंपनी के भी रूटर है ऊंचा नीचा रह जाता है। इसमें क्या है ना अगर एक तरफ से ऊंचा तो नीचा रहता ही नहीं बिल्कुल इसका जो है ये प्लेट चलती है ठीक है थीके? उसके बाद में इसको हमें टाइट करना पड़ता है थोड़ा सा इसलिए कि अगर हम इससे जब काम करें तो इसपे जब प्रेशर पड़ेगा तो ये कहीं दब ना जाए ठीक है उससे हमारा काम खराब ना हो जाए और इसको ऐसे करके रखते है एक बार आप देख लीजिए ये ठीक ठीक है है लगा लगी और एक हो गया ये डिजाइन ठीक है दोस्तों यह होती है है ठीक इसी से ये सेट होता है है ठीक इसी से अप डाउन होता है और इसको हम अप डाउन कर सकते हैं तो ऊपर नीचे जो है आ, यहां से भी ये थोड़ा लूज करेंगे और उसके बाद हम इसको ऊपर जहां भी हमें जो भी इसकी सेटिंग बनानी है वो कर सकते हैं सेट वहीं पे इसको। जैसे भी हमारा भी आएगा। और ये भी डिजाइन बहुत बेहतरीन है हैं दोनों सेम ठीक है पावर दोनों की सेम है लेकिन बस डिजाइन अलग है इसमें जो है शोकर है और इसमें जो है ये अः दी हुई हैं इसमें जो है ये नट बोल टाइप का सिस्टम दिया हुआ है ठीक है लेकिन पास दोनों का दमदार है तो भी हम इस तरह से रखते हैं एक बार मैंने पिछले साल परचेज किया था और इसको भी लगभग दो साल के लगभग हो गया है समय और मैं आपको बता दूं कि ये जो है एक इसके साथ बॉक्स आता है ठीक है हम इससे काम कर चुके हैं ये वीडियो जब हम शूट कर रहे हैं तो ये एक साल इसको हो चुका है हमारे पास इसके साथ जो भी आता है एक तो जो ही अपना बॉक्स आता है इसका बॉक्स के अंदर उसके साथ आपको एक मिलेगा ये इसका बैग ठीक है ये इसी एंडिको का बैग है ठीक है आप देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं इंडिया नंबर वन रूटर मैन्युफैक्चरिंग मैनुफेक्चर नो वर्ल्ड वाइड मंथ वारंटी के साथ आता है और इसके साथ जो टूल्स आते हैं जो संगीत टूल्स होते हैं इसके मैं आपको दिखा देता हूं एक दो तो आती हैं आप पर की ठीक है अलाइनमेंट की और उसके बाद ये कुछ टूल्स आते हैं इसमें के होते हैं ठीक है ये एक जो हमारा ठिया हो गया और उसके बाद एक ये हो गया तो ये सर आते हैं इसमें बिट वगैरह कुछ नहीं आता रूटर का आप इस उसमें ना रहे हैं भ्रम में कि इसके साथ कोई बिट आएगा बिट वगैरह कुछ नहीं आता है सर इसके साथ और इनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत लम्दाज है सर यहाँ भी इंडिको के इंडिको की एंडिको ब्रांडिंग की गई है इसमें और एक ब्रांडिंग यहाँ पर की गई कोई तो लोकल कंपनी नहीं है दोस्तों ये अपने इंडिया की ही कंपनी है और बहुत बेहतरीन जो है इसका परफॉर्मेंस है क्योंकि मैं तो यूज़ कर रहा हूँ ना इसको मैंने जैसे बॉश हो गई मकीता हो गई या डिवॉल्ट हो गई या उस तरह की कंपनी हो भी हमने यूज किया है टूल्स इतने महंगे टूल्स परचेज करके हमको क्या फायदा है गर, अगर हमें हमारे ही देश की कंपनी अगर ये अच्छा प्रोडक्ट हमें दे रही है थे यार हम बाहर क्यों जाएंगे मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं अभी लेके आया हूँ और अभी आपको बता रहा हूँ सर मुझे एक साल इसको यूज करते हो चुका है और दो साल हमसे हम इसको यूज कर रहे हैं ठीक है थीके? तो मुझे तो सर बहुत पसंद है और मैं आपको बता दू की इंडिको सिर्फ रूटर ही नहीं बनाती चुनिंदा और भी टूल्स बनाती है जैसे हैमर ड्रिल मशीन हो गई ग्राइंडर हो गया मार्बल कटर हो गया वुड कटर हो गया ब्लोवर हो गया क्योंकि इनका रूटर बहुत है। को जो है, रूटर बहुत फेमस है इसलिए कम आते हैं मैनुफेक्चर मतलब नहीं किए हैं मैं आपको एक बार इसको चला कर भी दिखाता हूँ कि ये कैसा परफॉर्म पर, करती है और ये देखिए आप एक बार यहाँ पे जो है दिया गया है इसमें ये ताकि अगर हम इसको काम करें बुरादा होता है लकड़ी का वो हमारे ऊपर ना आए तो हम इसको यहाँ से नीचे करके डाउन करके ये शीट टाइप की दी गई है कवर दिया गया है तो इसको डाउन कर सकते हैं जब हम काम नहीं तो करेंगे तो ये, ये टेप लगाई हुई है ना ये ये कुछ नहीं है कोई इसमें डैमेज वगैरह नहीं है कुछ नहीं है ये खाली मैंने इसलिए लगाई है की जो वायर है ये मुड़ जाती है ना तो इससे क्या है कि यहाँ कट लग जाता है वायर में जैसे मान लोग सर्दियां आती है सर्दियों में जो है ये प्लास्टिक हार्ड हो जाता है तो जैसे ही वो दबेगा या बुलेगा तो कट लग जाएगा से डैमेज होने का गट गट गट इसलिए तो जी जी एक एक है इसलिए मैंने ये मास्किंग आपको दिखा दूंगा अभी जब तो तो तो ये इसको क्लाइन करूंगा तो आपको ये देखिए फ्रेंड्स अगर कभी हम अंधेरे में या रात में कहीं काम कर रहे हैं ये सीधा वहीं पर हम काम कर रहे हैं ना वहीं पर इसकी लाइट पड़ती है सीधा बिट के पास तो ये भी इसमें एक बहुत अच्छा फंक्शन है कि आप इससे कुछ भी हैवी से हैवी काम कर सकते हैं ठीक है हैवी ड्यूटी मशीन है इसको करते हैं इसको भी दिखाऊंगा मैं आपको चला के देखिये दोस्तों आप इसका जो काम है अभी इसमें ये मोल्डिंग वाला हमने बेट बांधा हुआ है ये ये जो है आपका हाफ जो कॉर्नर अपना आता है उसको लगाया हुआ है और सफाई भी अच्छी रहती है कोई वाइब्रेशन नहीं है कुछ नहीं है इसमें चाहे आप इससे मोल्डिंग बनाओ या आप इसे जो हमें ग्रुप निकालना पड़ता है दरवाजों में जो भी हमने काम करना है वह हम कर सकते हैं इससे हम इससे मोल्डिंग बना सकते हैं या मार्जिन बना सकते हैं जो भी काम कार्पेंटर भाई करते हैं रूटर से आपको निराश नहीं करेगा ये इसका जो परफॉरमेंस है वो बहुत अच्छा है और सेम इसको भी मैं एक बार आपको प्लगिंग करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स इसमें जो है कोई एलईडी लाइट भी नहीं दी गई है क्योंकि ये उनका पुराना मॉडल है अरे अभी ठीक है ये थोड़ा पुराने मॉडल का है दो साल लगो लगो इसको हो गए तो इसमें कोई एलईडी लाइट नहीं मतलब परफॉर्मेंस तो क्या ही कहना है इसका बहुत गजब परफॉरमेंस देती है मशीनी इंडिगो की ना मैं तो अभी भविष्य में और भी जो हम मशीनें परचेस करते हैं ना जैसे मान लो हम वुड कटर परचेस कर रहे हैं ठीक है ठीके? दस हजार का बीस हजार का या उस तरह का तो हम अपनी देश की कंपनी का अपना जो भी है वो परचेस करेंगे चाहे वुड कटर हो या जो भी मशीन मशीनो बनाती है क्योंकि इसने जीत लिया है। है? One, आ, इंडिया की रूटर कंपनी है ये रूटर और मतलब ज्यादा अब आ, बाहर की कंपनियां हैं तो उनको फिर टैक्स भी ज्यादा देना पड़ रहा होगा या उस तरह तो से कुछ भी उनके जो बिजनेस के टर्म्स होंगे या जो भी कंडीशन होंगे वो अपना पूरा कर रहे होंगे उनको लेकिन ये हमारे देश की कंपनी है अगर ये मशीन कहीं फॉरन uh, कंट्री से अगर इम्पोर्ट uh, होके आती तो इसका रेट कम से कम मिले तो 15000 के आसपास होना था ये तो आप Amazon से जाके परचेज कर सकते हैं या नियर बाई शॉप से जाके भी आप इसको परचेज कर सकते हैं बॉडी इसकी बहुत uh, है तो प्लास्टिक uh, की लेकिन है मजबूत ठीक है ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी भी कमजोर है या और इसकी बॉडी तो और भी ज्यादा दमदार है क्योंकि इसमें डबल कवर है ना एक तो ये कवर है ये कवर, उसके बाद एक और कवर है ठीक है और ये भी है ठीक है और इसकी भी जो है बॉडी बहुत दमदार है दोनों मतलब मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक हमने इसके कार्बन भी चेंज नहीं किया है एक साल इसको हो गया इसके एक बार कार्बन चेंज किए हैं तो जानकारी दे दी कि टूल्स जो है वो क्या क्या इनके साथ आते हैं अगर आपको इंडिको के किसी और प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए या वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते है दोस्तों इसी तरह हम टूल्स से वुडवर्किंग टूल्स हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टूल्स हो या फिर फैब्रिकेशन में जो इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं उन जानकारी हम देते रहते हैं आ, और आ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड हम जानकारी देते हैं अपने चैनल पे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारा पेज है रॉयल इंटीरियर वुड एंड फेब्रिकेशन उसको लाइक कर सकते हैं